दोस्तों आज हम हैं बिजनौर के सबसे आखिरी गांव मोराट में एक गुज्जर समाज का एक शानदार घर बनाया है, है, है, है और इनसे करते हैं बातचीत तो चलो एक बार भैया विजिट करा दो तो घर की आओ बाहर से नहीं इधर चलते हैं अच्छा, बैठक है अपनी हाँ बैठक है अच्छा तो पत्थर जितना भी लगा हुआ वो कहाँ से मंगवाया था वो भी बाहर से ये लोकल सी? हाँ ये लोकल है नूरपुर से अच्छा अच्छा जितना भी पत्थर पत्थर वा अच्छा ये बैठा है अपनी ये बैठा है ये पीओ का काम है अच्छा पी का काम हो रहा हाँ, है ये सीमेंट के पी ऊपी है सीमेंट के हाँ अच्छा अच्छा सीमेंट के ये छूटेगी नहीं सिला या कैसे भी अच्छा अच्छा नहीं बहुत सही है चलो इधर चलते हैं थोड़े से और एक बार ऊपर की विजिट करा दो पूरे घर की ऊपर दिखवाते हैं आपको ठीक है ठीक है ये जीना है अच्छा ये ग्रिल कहा से लगवाई है जी आ, ये भी यहीं लगवाई है अच्छा तो खर्चा तो बहुत हो तो गया होगा जी लगभग नहीं अपना जैसा पेमेंट आता रहा करने का ये अच्छा, अच्छा। लोबी है ठीक ये फर्स्ट फ्लोर की लोबी होगी हाँ चलो ऊपर चलता है आइए आप नीचे कितने रूम होंगे नीचे चार हैं अच्छा और इस वाले पे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ भी चार ही है अच्छा आइए आप अच्छा हाँ, आप आइए ठीक ठीक ठीक आप यहाँ भी आ जा हर कमरे की इस कमरे की रेप को अलग छत है अच्छा पीओपी का डिजाइन जो है उसका सबका अलग है हर कमरे में अलग है अच्छा अच्छा अच्छा ये देखिए आप आपका लैट्रिन बाथरूम दिखाए आइए आप ये है अटैच है ऐसा नहीं है दो भाई हाँ, में। इदर, दल, के नहीं कुछ हो ठीक ये रसोई है रसोई के पूरा कमरे है अच्छा और ये जगह छोट रखी है ये धूप के लिए है लोभी के लिए हवाई के लिए अच्छा उसके लिए है ऐसी कोई इनकी छते अलग तरह की हैं यहाँ है। अच्छा। हाँ। तो दो तीन साल से चल रहा होगा का काम हाँ दो साल चला अच्छा। यह है यहाँ एक ऊपर हाँ। तो टेरिस होगा हाँ नहीं ऊपर है अभी अच्छा है ठीक ठीक ठीक तो फैमिली में कितने में टोटल मतलब दस बारह होंगे कम है नहीं और पाँच छह हैं हाँ सात हम मेहम् बचे पढ़ हा बस ठीक, एक ठीक, लड़का मेरे पास ठीक ठीक भाई के पास एक लड़का है एक लड़की है ठीक ठीक वो ठीक, दोनों की बीबी है सदस्य सात है परिवार छोटा है अच्छा अच्छा ये होगी इसके ऊपर एक और अभी अभी इसके ऊपर और है अच्छा अच्छा ये यहाँ तीन रूम है अच्छा चार है सॉरी ये चार रूम है लकड़ी का काम रह रहा है, है मुझे हाँ लकड़ी का काम रह रहा है अच्छा अच्छा अच्छा आ जाइए आप ये छोटी पार्टी के लिए अच्छा डिना नाइट के लिए यहाँ भी इसमें अच्छा, हाँ अलग है नीचे तल पे नीचे रूम है मतलब पूरा का पूरा घर ऐसा बना रखा है सेम इधर ही सेम ही हाँ लगेगा ये लेकिन पार्टी सामने बन रहा है अलग है अच्छा अच्छा अच्छा बहुत सही जी बहुत सही ये गाँव का नजरिया है अच्छा हाँ, ये पूरा गांव का क्षेत्र दिखेगा तो गांव कितना बड़ा होगा आप, आपका गांव काफी बड़ा है अच्छा तो ये कौन सी मान के चलो नब्बे आप ऊपर आइए तो ये आप जो जिक्र कर रहे थे नीचे की बिजनौर का सबसे एंड का मतलब गाँव में, में, में हाँ यूसफाट सबसे लास्ट में है लास्ट का जो गाँव है बिजनौर का वो महा है अच्छा वो यही है आप यहाँ ये ये हो गई अपनी हाँ। चंडी के पूरा आप अस्सी से खेत देख सकते हो अच्छा अच्छा ये मैं खेती नब्बे सौ कुंटल तक का भी करना हो जाता है बहुत सही है तो कैसे आप बता रहे हो मतलब किसान परिवार से ही हो दादा पड़दादा जमीन बढ़ाई भी होगी थोड़ी बहुत हाँ जमीने लिए है अच्छा अच्छा पैसा आता काम बड़ा है ही है ऐसा नहीं है कि वो है मेहनत रंग लाती है तो आप छोटे वाले हो बड़े वाले हो जी मैं छोटा हूँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमारे डेडी एक बड़ा भाई है वो जी, रूटर जी, का, जी, का काम करता है रूटर में का भी किराए में आमदनी है अच्छा अच्छा अच्छा बड़े भाई का लड़का है वो खा देना दिखा बाबू है जी जी जी जी हाँ हम अपना थोड़ी कोई और रुचि नहीं है मतलब राजनीति में या किसी और चीज में क्या अपना हल्के हैं राजनीति में राजनीति क्या अपना खेत किसान भी कितना टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा अच्छा वो अलग की कि अगर कोई मुद्दा है है तो राजनीति में भी आएंगे। इधर क्या है जी, इधर? इधर क्या जी ये जैविक खेती है अच्छा खेच सकते हो आप ये जैविक खेती भी करता हूँ अच्छा, कब से कर रहे हो ये दो साल से दो, इसे दिखा दो एक जो मोदी ने अलाउ करी है खेती के लिए अच्छा तो इसमें ये, ये क्या चीज़ होगी जी ये है अच्छा। ये जमीन को पोपली कर देंगे अच्छा अच्छा इसके करने से जो यूरिया जो फसलों में जो रेड रोग वगैरा करने में लग रहा है वो कुछ नहीं और इसे बहुत ही सस्ता है ये बहुत ही वो है ये इसमें एसिड एसिड है है ये अच्छा, ये, हाँ, ये बनता है उपलो से, अच्छा अच्छा बनता से जो अपने उपले कहते हैं ठीक ठीक ठीक तो उससे थीक, थीक, ये इसमें जैविक जैविकली एसिड सब चीज होती है अच्छा, इसमें न्यूट्रिकल है ये फसलों के लिए अच्छा, जो जाइम या ताकत के लिए ये देसी चीजें हैं जो जैविक खेती थीक, है वो इसके साथ में रासायनिक भी कर लेते हैं जो आदमी ड्रामे इसमें टंकी चलाते हैं अच्छा अच्छा तो ये कब से कर रहे हो दो साल से हाँ दो साल से तो इसका, इसका बेनिफिट क्या है मतलब इसका जमीन में बीमारी कम है अगर देसी खाद भी नहीं अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो खेती में कोई असर नहीं होगा बीमारी नहीं लगती वो जमीन पोप ले पैदावार जो है सब हो ज्यादा होती है अच्छा चलो इधर चलते हैं थोड़ी से आ जाओ ये भूस होगा सामने हाँ ये भूस है अच्छा तो पशु कितने रखे होंगे पशु सात है अच्छा सात है चलो इधर चलते हैं ये कौन सा पोर्सन है ये नीचे का तल है हाँ, ये चलो, चलो, हाँ, ये? अच्छा ये बैठा है बैठे की हैं चलो चलो इधर चलते है थोड़े से भी ऐसी कमरा है, इस अच्छा ये गोले पड़े हैं अपने फटे हाँ ये नियत के लिए है हुँ, हुँ, पीछे चक है तो पीछे भी सटर लगा रखा है अच्छा तो पीछे जितनी भी है जमीन सारी हाँ, अपनी है ये अपनी है अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलो एक बार चलते है इधर को आओ ठीक ठीक ठीक ये पशुओं के लिए हवा के लिए है अच्छा ये किस वजह से गेट रखी है ठंड भी, भी, भी नहीं लगती अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये पीछे खेती है, अच्छा है, हाँ, है, हाँ, है। कोल्लू अपना है कोल्लू भी अपना कितना पुराना होगा ये कोल्लू तो हम बाईस साल से चला रहे बाईस साल से रूटर आपको बता रहे जुताई के काम के लिए आता है खेती के लिए अच्छा, उसमें अच्छा, चलता है अच्छा। तो भी होगी चारा लाने के लिए है टिपलर हु, हु, हु, हु. तो गन्ने अपना, अपना भी गेल हो जी? हाँ आप ही गिरते हैं अच्छा अपना छो लेते है लोग ठेकेदार लगा रहे ऐसी खेती कर लेते हैं अच्छा तो जो भैया बराबर में देख रहा हूँ ये परिवार के सदस्य होंगे सारे सब घर के परिवार वाले सदस्य हैं। अच्छा अच्छा इनका थोड़ा सा परिचय दे दो अच्छा, ये लड़का है हमारा अच्छा अच्छा ये हमारे बड़े भाई हैं। इनका क्या होना नाम होगा जयचंद सिंह अच्छा बराबर में बब्बा जी देख रहा हूँ हमारे अंकल जी हैं। तो भैया जी अपना शुभ नाम बता दो मेरा नाम जी खन्ना गुजर है खन्ना गुजर जी जो बराबर में ये जो है इनका नाम संतराम जी है अच्छा इन और रिश्ते में जो लगते है ये मेरे दादाजी लगते है ये दादा जी, ये दादा जी। तो ये तो जवान है जी ये जवान जवान तो हैं, इनकी आयु कम से कम जो है 48, एर। 48 एर। आ, अच्छा लेकिन, है, लेकिन है आपके दादा हाँ ये मेरे दादा है अच्छा अच्छा हाँ। जी ये मेरे ताऊ जी है इनका नाम बीरबल सिंह नाम है इनका जी इनकी कितनी एज होगी इनकी तो कम से कम ये फाइव ईयर एज है एट्टी फाइव हाँ जी तो शरीर कर रहा है काम बढ़िया का काम इस समय जो हाँ बढ़िया काम कर रहा पीते है, बढ़िया, बढ़िया है।, अच्छा, अच्छा। है रेस्ट लेना है घूमते फिरते खाना, हैं पीना, सोना खाना पीना सोना और, को इनका और काम, कोई इनका अच्छा, अच्छा। तो आप भी खेती बाड़ी करते हो भैया हाँ, मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ और जितना भी मतलब सामान इसमें इस्तेमाल हुआ होगा रोडी बजरपुर सीमेंट वो कहा था आपने लोकल से ही बाहर से नहीं लोकल से अच्छा लोकल से ही सब कुछ ये देखो ये जो मशीन है इसमें इसमें अभी तक कोई कुछ नहीं अच्छा अच्छा लेकिन इसका बढ़िया रिजल्ट है का हम्म हम्म रखा वो एक बार दिखा दो तो काड़िया वो? वो, वो तो जो पीछे देखा है जो ड्रामो में यही बढ़ता रहता है इसमें गुड़ डालते जैसे दो सौ ड्राम है दो सौ लीटर का दो किलो गुड़ एक किलो बेसन डाल दो अच्छा। फिर एकड़ के लिए चलो आगे चलते हैं थोड़े से आ ऐसे ही आ हुँ, हुँ, हुँ। तो भाई साहब निकले कोई दिक्कत है और भी वो रखा है कुछ नहीं गन्ना है सरसो अच्छा। है अच्छा गन्ना सरसो हाँ। नहीं, नहीं अच्छा। तो अच्छा। अच्छा, अच्छा। <coughs> बाईस तेईस साल से बहुत पुराना है तो? काफी हो गया ऐसे चलते है अच्छा बीघे में रखा आपने नहीं ये तो खाद बन गए पानी में जब टूवेल्व चलता है तो उसमें टंकी से भून भून देर चलता है रहता तो उसका इससे लाभ मिलता है अच्छा तो ये अपना वो हो गया कोल्लू कोल्लू है, हाँ, ये है। थीक, थीक, थीक। तो इसकी शुरुआत आपने की थी पिताजी ने की थी, थी? पिताजी अच्छा, है अब नहीं वो हो, गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हो गया था ऐसे निकल दे रहा है छुट्टी पे है शादी में है अच्छा अच्छा आज चला नहीं है ठीक ठीक ठीक ठीक भाई साहब इसका क्या करते हो आप ये भी किस चीज में इस्तेमाल कर लेते हो जो ये बस्ता आया कचरा ये कचरा जब गुड़ बनता है जी ये खोई निकली तो ये नई खोई जो है वो सूख जाएगी ये पुरानी खोई झुकती है इसी से तो गुड़ बनता है अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो ये इस्तेमाल में हो जाता है, हाँ। हो जाती है हाँ। अच्छा ये अपना अच्छा, ये जल के इससे गुड़ बन जाएगा जो नई खोई आएगी वो दोबारा सूख दोबारा गुड़ बन जाता रहेगा चलो इधर चलते हैं तो शटर लगा रखा है हाँ, सटर है पीछे जंगल के लिए अच्छा तो ये घेर घर अपना एक ही जगह हाँ, ये ये जगे जगे है है ये जगह भी अपनी सामने हाँ। वाली ये अंकल की है हमारे अच्छा अंकल जी की है ठीक ठीक ठीक और जितने भी ये खेत देख रहे होंगे हाँ ये अपने हैं अच्छा। यहाँ तक स्कूल है ये अच्छा अच्छा हाँ ये इंटर कॉलेज है स्कूल ठीक ठीक ठीक दोस्तों मेहनत की बात ही अलग है दोस्तों देखा आपने भाई ने बहुत ही लगन और मेहनत से एक घर बनाया है और पूरा परिवार इनके साथ रहता है दोस्तों इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर ही समाप्त हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना जय हिंद जय भारत